हेलो दोस्तों आज हम एक स्टॉक का ऑप्शन चैन देखेंगे कि वो क्या बता रही है ये स्टॉक रिलायंस का <laughs> देखो रिलायंस का भी रिजल्ट आया है रिजल्ट ठीक ठाक आया है लेकिन हम ये देखेंगे कि ऑप्शन चैन उसके क्या बता रही है ये रिलायंस का चार्ट है और रिलायंस का रिलायंस अभी चौबीस इकहत्तर पर ट्रेड कर रहा है हम यदि मोटा मोटा देखें तो रिलायंस का नीचे का स्पोर्ट है तेईस साढ़े तेईस को करीब तेईस सौ छियालीस और पहला ही रेजिस्टेंस पच्चीस सौ और ये टू हंड्रेड ई एम ए है टू हंड्रेड ई की ये नीचे क्लोज हुआ है तो इसके ऑप्शन चेन देखते हैं वो हमें क्या बता रही है ऑप्शन चेन ये इसी मंथ के एंड है आप देखोगे कि स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है चौबीस पे मतलब इससे और इसके बीच में अब यहाँ पर देखोगे इस पर कॉल राइटिंग हो रही है इसके आगे वो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है वो पच्चीस सौ के पास है तो यानी कि इसका पहला जो रेजिस्टेंस है वो 2500 ही है और इसके आगे इसमें ये कॉल राइटिंग चल रही है अब हमें यदि पुट की देखें तो पुट साइड में के इस साइड इसके हिसाब से देखें तो हम स्टॉक बेरिस है और पहला रेजिटेंस पहला ही रेजिस्टेंस इसको पच्चीस का मिलेगा जो बड़ा रेजिटेंस है अब यदि इस साइड में देखो तो यहाँ पर पुट बाइंग हो रही है पुट बाइंग भी, भी और है इसका मीनिंग क्या है कि स्टॉक बेरिस है अब इसको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा सपोर्ट मिलेगा इसको पुट राइटिंग पे कहाँ पे तेईस सौ पे अब हमें चार्ट क्या बता रहा है चार्ट बता रहा है कि हमें इसको ये जो रेजिस्टेंस है स्पोर्ट है वो पच्चीस सौ या पच्चीस पे इसी रेंज पे आके बता रहा है तो हम दी ये दी ऑप्शन चैन पे चैनल तो अब ये स्टॉक हमें अभी नजर आ रही है पुट बाइंग है इसका मतलब स्टॉक बेरिस है उन लोगों का व्यू ये रहता है कि स्टॉक बेरिस है, है। कार राइटिंग है इसका मतलब स्टॉक बेरिस है अब यहाँ पर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए चलो ये छोटा सा अपडेट था यदि आपको हमारे टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसके बारे में फर्दर अपडेट्स के बारे में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यदि आपको ऐसी ही अपडेट और चाहिए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना थैंक यू दोस्तों